मुझे वीडियो बनाने दो लेट मी मेक अ वीडियो उससे मुझे बात करने दो लेट मी टॉक टू हिम यह काम उसे करने दो लेट हिम डू दिस वर्क उसको मेरे साथ आने दो Let him come with me मुझे सोने दो Let me sleep मुझे लिखने दो Let me write उसे जाने दो Let him go मुझे पढ़ने दो लेट मी रीड उसे रोने दो लेट हिम क्राई लेट हर क्राई उसे पानी भरने दो लेट हिम फिल द वाटर मुझे टीवी देखने दो लेट मी वेज टीवी मुझे एक पत्र लिखने दो लेट मी राइट आ लेटर झूठ मत बोलो डोंट टेल अ लाई वहाँ मत जाओ डोंट गो देयर शोर मत मचाओ डोंट मेक अ नॉइस थैंक्स फॉर वॉचिंग